करने वाले हैं। आई एम क्रूट नाम की सीरीज जो कि अभी अभी मुझे याद आया कि एक्सप्लेन भी करनी है एक महीने से पहले से सोच के रखा था मैंने कि करूंगी लेकिन फिर भूल गई तो अब चलो जब याद आ गया है तो कर ही देते हैं बेसिकली ये एक मिनी सीरीज है जिसके बस छोटे छोटे पार्ट हैं फोर टू फाइव मिनट्स के सो मार्वल स्टूडियो की सीरीज है तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं कि कैसे है एक बहुत ही छोटा सा शो है आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं डिजनी प्लस हॉटस्टारे काफी क्यूट है क्रूट तो चलिए शुरू यहाँ पे ग्रूट का जो फर्स्ट एपिसोड है यहाँ पे दिखाया जाता है ग्रूट का रिबॉर्न होना जो की गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी फर्स्ट में लास्ट में मर गया था तो उसका रिबॉर्न होना यहाँ पे दिखाया गया है और ग्रूट में बता दू आपको अपने एक छोटे से पार्ट से भी रिबॉर्न हो सकता है ये ग्रूट की खासियत है तो गाय पे फर्स्ट एपिसोड का नाम है ग्रूट फर्स्ट स्टेप तो की आप समझ सकते हैं की यहाँ पे ग्रूट रिबॉर्न हुआ है यहाँ पर अभी उसने चलना भी नहीं सीखा है वो अभी एक छोटे सी पार्ट के अंदर है तो फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ग्रूट अपने स्पेसशिप में है और यहाँ पे कुछ रोबोट्स उसका ख्याल रख रहे होते हैं है है, तो दूसरे प्लांट को मिलने लगता है जिसकी वजह से ग्रूट बहुत ही गुस्सा हो जाता है बहुत ही नाराज होता है अब यहाँ पर बेबी ग्रूट जो होता है वो उस प्लांट से बदला लेने जाता है यहाँ पर हम देख सकते हैं की जो बेबी ग्रूट है वो अभी चल नहीं सकता है उसके जो पैर है वो अभी पॉट के अंदर है तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रूट उस पेड़ को मारने की कोशिश करता है लेकिन उस पेड़ को कुछ भी नहीं होता और उल्टा क्रूट के चोट लग जाती है फिर वो उसको लटकाने की कोशिश करता है मगर यहाँ पर वो खुद ही लटक जाता है और जैसे तैसे करके खुद को पकड़ते हुए ऊपर आता है उसके हाथ बड़े हो जाते हैं कभी कुछ हो जाता है लेकिन वो पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचा पाता और यहाँ पर क्रूट बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है की मैं इससे बदला कैसे लूँ तो फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे लास्ट में वो उस पेड़ को गिरा देता है और खुद भी जाकर नीचे गिर जाता है जिसे गिरने की वजह से उसका पौ टूट जाता है वो बाहर निकल आता है वो बाहर निकलता है की कैसे ग्रूट अपना पहला कदम रखता है तो यहाँ पे वो लटखड़ाते हुए चलता है और फाइनली अब बेबी ग्रूट चलना शुरू कर देता है वो इतना खुश होता है वहाँ पे बैठ के खा रहा होता है उसी प्लांट के पास बैठ के और वो दोनों रोबोट आकर उसको करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो उस पर अटैक कर देता है पीछे से और उनको भगा देता है तो यहीं पर ये एपिसोड पहला खत्म होता है तो अब यहाँ पे शुरू होता है सेकेंड एपिसोड जिसका नाम है द लिटिल काय तो इस एपिसोड में हम देखते है की क्रूट एलियन प्लेनेट पर है यहाँ पे उसका पीछे स्पेस भी खड़ा हुआ है और यहाँ पे क्रूट कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा होता है लकड़िया उठा रहा होता है तो क्रूड उन लकड़ियों से अपना ट्री हाउस बना रहा होता है तो वहाँ पे वो एलियन पक्षी आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है उसके घर को तोड़ फोड़ देता है तो यहाँ पे ग्रूट बहुत गुस्सा हो जाता है कि इतनी मेहनत से वो अपना घर बना रहा है और ये एलियंस बर्ड्स आके उसके सारा का सारा घर तोड़ फोड़ देते हैं ग्रूट यहाँ पे नीचे गिर जाता है और वो काफी गुस्सा कर ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं ऊपर से एक चील आती है और वो उस पक्षी को अपने साथ उठा ले जाती है फिर कुछ देर बाद ग्रूट को चट्टान के नीचे छोटे छोटे से एलियंस जीप दिखते है जिन्हें देखकर ग्रूट को बहुत अच्छा लगता है और वो उनके साथ खेलने लग जाता है और वो छोटे छोटे से एलियंस जीप जो होते हैं वो उसको देख के डर जाते हैं और उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं तो हमला करने से एक रूट बहुत परेशान हो जाता है वो नीचे गिर जाता है फिर वो फाट करता है तो वहाँ पे एक पत्ती जाकर गिरती है जो कि वो छोटे छोटे से जीव जिसे खाने लगते हैं। तो वो समझ जाता है की वो पत्तिया उसका खाना है तो वो सोचता है की मैं इन सभी का हीरो बनता हूँ और वो जा करके बहुत सारी पत्तियां लेकर के आता है तभी जब वो लेकर के आ रहा होता है तो खुशी खुशी में वो वहाँ पर अपने पैर रख देता है तो को याद आता है कि वो छोटे छोटे से जीप पर उसने पैर रख दिया और वो बहुत डर जाता है कि वो सारे के सारे मर गए और वो वहां से भाग जाता है लेकिन हम देखते हैं कि वो सारे जीप जिंदा होते हैं और उसकी लाई हुई पत्तियों को खा रहे होते हैं तो यहाँ पे क्रूट इन एलियंस जीप का हीरो बन जाता है क्योंकि वो सारे के सारे उसका लाया हुआ खाना खा रहे होते हैं जो की उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है और यहाँ पर ये यह सेकेंड एपिसोड एंड हो जाता है सो so का थर्ड एपिसोड का नाम है क्रूट पर सूट पर हम देखते है की क्रूट जो है वो स्पेस में होता है वो, तो वो, तो वो वहाँ पर सो रहा होता है सोते हुए उसको बहुत तेज आवाजें आने लगती हैं तो वो जा करके देखता है कि की किताब भी पढ़ने लगता है क्रूट जब वहाँ पे बुक पढ़ रहा होता है तो उसको महसूस होता है की उसके आस कुछ है जो बहुत तेज तेज से चल रहा है वो इधर उधर देखता है तो उसको पैरों में अपने एक लिक्विड दिखाई देता है तो वो उस लिक्विड को देखता है तो लिक्विड धीरे धीरे क्रूड का ही शेप ले लेता है वो लिक्विड के रूप में होता है और ग्रूड का शेप लिए होता है जो जो भी क्रूड कर रहा होता है वो उसकी नकल करता है यहाँ पर ग्रूड गुस्से में डांस करने लगता है तो वो उसको देखकर डांस भी करता है क्रूड को तो यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है और हम देखते है की वो जो सामने वाला लिक्विड क्रूड है वो धीरे धीरे अपना मॉन्स्टर का शेप ले रहा होता है क्रूट उसे देखता है वो उसके सामने कलर डांस करता है तो यहाँ पे वो मॉन्स्टर वाला क्रूट जो होता है लिक्विड वाला वो उसको डांस सिखाता है वो कहता है कि तुम इस तरीके से डांस कर सकते हो तो वो उसके साथ डांस करने लग जाता है डांस करते करते वो उसको लेकर जाता है और, उसको अपने से बाहर देता है। और फिर हूँ और कोई भी यहाँ पे ग्रूट नहीं है और डांस करता हुआ खुशी से वहाँ पे आगे निकल जाता है और ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है तो अब हम पहुँचते हैं एपिसोड फोर्थ की तरफ तो यहाँ पर फोर्थ एपिसोड का नाम है ग्रू टेक्स अहा पर ग्रेक स्पेस प्लांट पर होता है उसके सामने एक पानी का तालाब होता है जहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो उसमें नहाएगा तो यहाँ पर वहाँ पेड़ वगैरह में करके अच्छे से नहा रहा होता है। उसके बाद वो नहाते नहाते वहाँ पर आराम करने लग जाता है सो जाता है वो खुशी से चिल्लाता हुआ आयन ग्रूट आयन ग्रूट करता हुआ सो जाता है और जब वो थोड़ी देर बाद उठता है तो वो अपने आप को पानी में देखता है की उसके ऊपर बहुत सारे पत्ते आ चुके हैं जिसे देखकर वो डर जाता है तो अब यहाँ पे क्रूट को चलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है वो गुस्सा हो जाता है कि इतनी जल्दी उसके ऊपर सारी कैसे आ गई वो आगे जाता है और खुद को देखता है मिरर में तो फिर वो अपनी पत्तियों को खुद से ट्रिम करने लगता है अपने आप को एक अलग सा शेप देने की कोशिश करता है फिर यहाँ पर क्रूट देखता है की उसके ऊपर की जितनी भी सारी पत्तियां होती है वो सब एकदम से झट जाती है फिर क्रूट ये देख वापस से उस पानी के अंदर जाता है वहाँ से कीचड़ निकाल है और उसको अपने ऊपर लगा लेता है जिससे फिर से बहुत सारी पत्तिया उसके ऊपर जल्दी से उगाती है फिर वहाँ पे एक एलियन होती है जो कि क्रूट से बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है यहाँ पर क्रूट उन पत्तियों से बहुत सारी शेप ले रहा होता है उनमें से सबसे एक अच्छी शेप क्यूट सी शेप होती है एक प्रिंसेस की और क्रूट अपनी उस प्रिंसेस वाले ड्रेस में वहाँ पे बहुत खुश हो रहा होता है तो वो एलियन क्रिएटर आके क्रूट के ऊपर अटैक कर देती है जिससे उसका क्राउन जो पत्तियों वाला होता है वो टूट जाता है तभी आप क्रूट की सारे के सारी जो पत्तियां होती हैं वो फिर से झड़ जाती हैं और फिर क्रूट जल्दी से उस पानी के पास जाता है और वो वहां पे जाके देखता है कि वो, वो सूख चुका होता है ये देखकर क्रूट बहुत ही सैड होता है की आप उसके ऊपर पत्तियां नहीं आएंगी और उसको सैड देख वो जो एरियन क्रिएचर होता है जो स्क्वायर होती है वो बहुत हंस रही होती है तो क्रूट उसे हंसते हुए देखते हैं और उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है साथ ही में उसे एक आइडिया आता है फिर हम देखते हैं की उस के जो भी सारे बाल थे वो अब उसके ऊपर नहीं हैं और हम ग्रूड को देखते हैं तो उसने उसके सारे बालों का मफलर बना के पहन लिया होता है और यहीं पर ये यह एपिसोड खत्म हो जाता है अब पहुंचते हैं हम इसके तो हम इस एपिसोड में देखते है की ग्रूड एक बैग को लेकर जा रहा होता है फिर वो इस डारा के बैग के अंदर से एक कॉमिक बुक निकालता है फिर वो उसके कुछ पेजेस को फाड़ लेता है उसके बाद वो रॉकेट की तरफ जाता है उसकी पोज से वो कुछ बाल को कट करता फिर वो टेक की बातों में जाता है और वहाँ से उसकी सोप चुरा लेता है और इसी तरीके से वहाँ स्पेसशिप पे वो बहुत सारी चीजों को जमा करता है और पेज पर पेंटिंग करना स्टार्ट करता है जिससे वो वहाँ की पूरी स्पेसशिप को बर्बाद कर देता है इसके बाद वो स्पेसशिप शिप के बहुत बड़े से गड्ढे को भरने की कोशिश करता है तभी वहाँ पे रॉकेट की आग खोलती है और वो पूरे रूम को बर्बाद हुआ देखता है ये देख वो क्रूट को जाकर ढूंढता है और यहाँ पर रॉकेट को पता चलता है की यहाँ क्रूट ये सारी बर्बादी की हुई है जिसे देख वो बहुत गुस्सा होता है जब वो गुस्सा हो रहा होता है तो क्रूट उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है जिसमें हम देख सकते हैं है यानी की कार्जन ऑफ गैलेक्सी की फैमिली फिर ये पेंटिंग देख कर रॉकेट का गुस्सा शांत होता है वो उससे कहता है की वो उससे ज्यादा देर गुस्सा तो रह नहीं सकता लेकिन तभी इन्हीं सब बीच में वहाँ पे एक फिर से बड़ा एक्सप्लोशन होता है जिसके अंदर जाकर रॉकेट गिर रहा होता है लेकिन क्रूट इसे बचा लेता है तो यहाँ पर ये फिफ्थ एपिसोड होता है तो इसी के साथ गाइस पाँचों के पाँच एपिसोड खत्म होते हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट थे यानी कि सिर्फ चार से पाँच मिनट के जिसे देखने पर आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगेंगे आप अगर चाहते हो तो आप इसे जा करके डिज्ली प्लस हॉट पर देख सकते हो काफी फनी सी सीरीज है ये जिसको छोटे बच्चे भी देख सकते है बट यहाँ पर ये भी है की ये सीरीज जो है वो किसी भी फेज से कनेक्ट नहीं करती है तो कायस आप लोगो को ये वीडियो कैसा लगाओ हमें कमेंट करके जरूर बताए आपको क्रूड की कौन सी हरकतें सबसे ज्यादा पसंद आई हों ये हमें कमेंट में जरूर बताएं तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय